ये टीम युवाओं की कैसी टीम है। जैसे आजादी के वक्त ऐसे कुछ दीवाने के लिए लड़ते थे उनको कुछ देना होता के के ऐसा ऐसा ये ताकत ये पूरे के पूरे जिले के अंदर एक एक गाँव गाँव एक एक घर घर घूमकर लोगों को यह सिखाएंगे की आप, तो नो, आप तो जो नोट नगर में लेते हो इसके बजाय जो मोबाइल है इसको भी आप मोबाइल से कैसे पैसे निकालो आप एटीएम जो होता है उसको कैसे काम कैसे काम काम में में ले ले सकते हो। ले सकते हो? हो? आप डेबिट कार्ड लोग पहले जाते थे तो एक लिख के अंदर इस कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो आपको तो तो तो आप तो बहुत, बहुत सुविधाएं है लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है